गुड्डा गुड़ियों का खेल बन चुका है फ्री फायर आज बंदे खेल ही नहीं रहे यार क्या ही बताओ पर कोई बात नहीं नीचे पड़े हुए पहले ही, ही नॉक हो गए मेरे को लगा अपन को किल मिल जाएगा पर रुको रुको रुको, रुको यहाँ पर हवाई जहाज में कोई तो अपन की तरफ आ रहा है और इसे अपन को कुछ भी करके पहलना है मतलब पहलना तो पड़ेगा भाई लोगों मारो नहीं वन साइड लगे पूरा फिनिश मतलब मतलब सच्चाई का मेरे को नहीं पता यार छोड़ दो उन सब बातों को अपन ने किलू उठा लिया है आपको रियल लाइक शेयर सब्सक्राइब ये लो वापिस आ गए और पूछने वाले अपुन के साथ कुछ भी होते रहते चूते चले